भोपाल में अंतरराष्ट्रीय हर्बल मेले को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मेले में देसी जड़ी बूटियों के साथ आयुर्वेदिक दवाओं को लोगों द्वारा पसंद किया जा रहा है मेले को देखने बड़ी संख्या में लोग लाल परेड ग्राउंड पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ द्वारा आयोजित हर्बल मेले में कई देशों के लोग शामिल हुए हैं मेले में जड़ी बूटियों के साथ कई तरह के वन उत्पाद मौजूद है मेले में करीब तीन स्टॉल लगाए गए हैं जिनमें आयुर्वेदिक डॉक्टर वैद्य के साथ विभिन्न जलों के देशी प्रोडक्ट्स के स्टॉल लगाए गए हैं मेले में विन्ध्य हर्बल के बने प्रोडक्ट्स को काफी पसंद किया जा रहा है विन्ध्य हर्बल के बने चवनप्राश शहद और आयुर्वेदिक दवाइयों पर ग्राहक विश्वास कर जमकर खरीदी कर रहे हैं वहीं बंबू स्टॉल में रखे बांस के घरेलू सामान को लेकर भी लोगों में काफी उत्साह है सर इसके अंदर काफी कुछ चीजें बनाई जाती है अभी जैसे हम देख रहे हैं की हमारे नेचर के लिए काफी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है कीचर बचाओ बैम्बू भी हमारे उसी चीज़ में आता है जैसे बैम्बू का क्या रहता है कि पहले ये लकड़ी में आया करता था आजकल गवर्नमेंट ने इसे घास में कर दिया है बैम्बू से हर एक चीज़ बनाई जा सकती है आप जैसे अभी देख रहे हो गे यहाँ पर काफ़ी सारी फर्नीचर लगे हुए हैं चिड़ियाएँ हैं फूल हैं और भी डेकोरेशन में काफ़ी सारी सामान है जो आजकल हमारी जीविका चला रहा है और गवर्नमेंट इसमें हमें बहुत सपोर्ट करती है मेले लगते हैं प्रदर्शनियां लगती हैं एग्जीबिशन लगते हैं उसमें ये हमको स्टॉल मिलता है और भी काफी कुछ चीजें रहती हैं जो हमारे लिए काम आती हैं हर्बल मेले में कई वैद्यों और आयुर्वेदिक डॉक्टर द्वारा निशुल्क चिकित्सा परामर्श दिया जा रहा है चिकित्सा पद्धति में नंबर कलर हथेली के साथ नाड़ी देख बीमारी के बारे में जानकारी देकर इलाज किया जा रहा है वही कई वर्षो से मेले में स्टॉल लगाने वालों ने देसी प्रोडक्ट की जानकारी दी नाड़ी देख के पित्त कफ के हिसाब से रोग होता है बात बड़ा हुआ है तो बात की दवा दे दी लिख दिया पित्त बड़ा है पित्त की औषधि लिख दी कफ बड़ा है तो कफ की औषधि लिख देते हैं कुछ है उसी के हिसाब से कलर थेरेपी में भी उपचार हो जाता है जैसे कि सर्दी जुखाम है तो माइनस 45 शुक्र पर्वत पे लिखेंगे ठीक हो जाएगा प्यो केसर बड़ा है तो उसको लिखेंगे शुक्र पर्वत का नुकसा वो तो तत्काल एक मिनट में ठीक हो जाएगा सूर्य के सातों रंगों को अपने हाथ में लिखने से उसी प्रभाव में आएगा अंकों का जो है कि जिस अंक को अपन बढ़ा देंगे तो प्लस कर देंगे जिसको घटाएंगे तो माइनस कर देंगे उस हिसाब से उस अंकों का प्रभाव हो जाता है ये इसमें कमर कमर के लिए जोड़ों के लिए गैस के लिए सुगर के लिए ये सब दवा काम पे आती बत्तीस रंग की बत्तीस जड़ी होती है बत्तीस के ऊपर दो छत्तीस ये सब जड़ी बूटी होती हर काम पे चलती है बत्तीस रोग के लिए होती है मूसली है साल मिश्री कमर कसते कामराज है खीर कंध बिदारा कंध मानसरो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ ऐसी यहाँ पे निःशुल्क चिकित्सा परामर्श उपलब्ध किया जा रहा है जिसमे नेत्र परीक्षण पंचक्रम चिकित्सा शल्य फिजियोथेरेपी दंत चिकित्सा के परामर्श उपलब्ध है इसके अलावा हमारा जो स्टॉल है जिसमे हमारी मानसर और आयुर्वेदिक की फार्मेसी में निर्मित विभिन्न प्रकार के औषध कल्प जो है वो तैयार किए गए हैं चौनप्राशला कैंडी वगैरह है जो यहाँ पे अवेलेबल है इसके अलावा जो है नेत्र परीक्षण के दौरान जो चश्मे वगैरह का नंबर और चश्मा भी जो है यहाँ पे दिया जा रहा है साथ ही गार्डन में ही उगाए गए जो हर्बल औषधियाँ हैं विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं उनका भी जो है यहाँ पे हम जो है वितरण कर रहे हैं कॉलेज की तरफ से स्टॉल लगाया गया है इसमें पंचकर्मा का चिकित्सा ऐसी रोग की ओपड़ी चल रही है जिसमें निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इस इस स्टॉल में ही हमारे कॉलेज की तरफ से ऐसी मनाही औषधियों का वितरण किया जा रहा है हर्बल मेले में कई राज्यों के स्टॉल मौजूद हैं मेले में कहीं देसी पौष्टिक लड्डू कहीं केरल के मसाले कहीं जड़ी बूटियाँ तो कहीं देसी नुस्खों के साथ उनके उपयोग की जानकारी दी गयी वही मेला घूमने आए लोगों ने मेले में जमकर खरीदारी भी की और इसे पसंद भी किया हाल की लगभग आधी जनता आ चुकी है और सारे लोगों को यहाँ देखने आना चाहिए नई नई औषधि जड़ी बूटियों का ज्ञान मिल रहा है नेचर से जुड़ने का मौका मिल रहा है लेकिन बस इस बात का देखिए समय कम है मतलब चार पाँच दिन पर्याप्त नहीं होते हैं ज्ञान का भंडार चार पाँच दिन में अपने अंदर नहीं समा सकता लंबे समय के लिए लगना चाहिए मेला तो देखने में बहुत अच्छा लगा और क्या है कि यहाँ जिसको जो मर्ज है